हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से उम्मीद करता हूं आपने पहले के पार्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे मैं जानता हूं कि कैंडलस्टिक पार्ट थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन आप समझ लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम जब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वगैरह सीखेंगे उसमें कैंडल का बहुत अहम रोल रहेगा तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए आपका बेस पक्का रहेगा तो आगे जाके चीज़ें आसान होंगी और ईजीली आप ट्रेड कर सकोगे प्रो ट्रेडर की तरह तो देखते चलिए आगे का पैटर्न तो इस पैटर्न का नाम है ट्विज़र टॉप्स पैटर्न तो इस पैटर्न को समझने के लिए आपको पहले ट्विज़र्स का मीनिंग क्या है वो समझना इम्पोर्टेंट है देखिए इसको ट्विज़र्स बोलते हैं तो ये अगर पैटर्न आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये ट्विज़र्स की तरह दो लंबी लाइन दिखेंगी ओके तो इसकी वजह से इस पैटर्न का नाम है ट्वीज़र टॉप्स पैटर्न इस पैटर्न को समझने के लिए हमें पहले इसकी कंडीशन देखनी होगी कि ये कौन सी कंडीशन में ये पैटर्न वैलिड है तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये पैटर्न जो है ये अप ट्रेंड के बाद आना चाहिए ओके तो समझ लीजिए आपके मार्केट आपका मार्केट जो है अप ट्रेंड में है कंटीन्यूस कंटीन्यूस तो नहीं होता ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके अप ट्रेंड में है मार्केट उसके बाद अगर ये ट्वीज़र टॉप पैटर्न फॉर्म होता है यहाँ पर तो ये जो है ये रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा तो सबसे पहले कंडीशन हमारी होगी कि ये अप के बाद आना चाहिए ये वाला पैटर्न इसलिए इसको बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं तो अब हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं चलिए देखते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे पहले मार्केट अप ट्रेंड में था ओके उसके बाद ये कैंडलस्टिक स्टिक यहाँ पे स्टार्ट हुई यहाँ से ये यह सीधा प्राइस ऊपर तक गया ओके यहाँ पे जाने के बाद ये प्राइस पे रिजेक्ट हो गया है मार्केट ओके और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कैंडल स्टिक तक उसने मार्केट को नीचे खींचा ये प्राइस पे ठीक है तो ये पहला जो सेशन था ये बुल्स ने डोमिनेट किया था उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गई उसके बाद आगे क्या हुआ तो सेकंड सेशन स्टार्ट हो गया जो आगे की कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर से रिजेक्ट हुआ और फिर मार्केट नीचे की तरफ आया इस प्राइस तक ये वाली प्राइस पर और फिर यहाँ से आने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और ये कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो ओके okay. तो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इतना सेशन है ये बेर्स ने डोमिनेट किया था ये वाला सेशन पूरा सेशन भी बेर्स ने डोमिनेट किया है तो इस कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि अब ट्रेंड अगर इतना कंटिन्यूस जा रहा है ऊपर तो यहाँ पे बुल्स डोमिनेंट थे लेकिन इस कैंडल फॉर्म होने के बाद बेर्स डोमिनेट हो गए और मार्केट नीचे की तरफ चला गया इसलिए ये ट्विज़र टॉप जो है ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाती है और यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बस इस पैटर्न के बाद ठीक है अभी और एक कंडीशन है इस केस में जो ट्विजर टॉप्स पैटर्न है इसमें ये जो वीक्स है ये छोटी या बड़ी हो सकती है मतलब इसकी हाइट इससे छोटी हो सकती है ये जो बॉडी है कैंडल की इसकी हाइट भी कम ज़्यादा हो सकती है स्मॉल हो सकती है लंबी हो सकती है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें तो डोमिनंस किसका है जो आप ट्रेंड था उसमें बुल्स डोमिनेट कर रहे थे लेकिन यहाँ पर रिजेक्शंस होने लग गए दो बार रिजेक्शन हो गया उसके बाद बेयर्स डोमिनेट करने लग गए तो बुल्स ने अपना मार्केट छोड़ दिया वो डोमिनेट इसके आगे नहीं करना चाहते इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है इसलिए ये पैटर्न जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चलिए मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखा देता हूँ ये कैसे दिखता है तो ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है वनडे टाइम फ्रेम का इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो बड़ी वीक्स दिखेगी ये भी ट्विजर टॉप कहला सकता है यहाँ पर यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड था बुल्स डोमिनेट कर रहे थे लेकिन प्राइस रिजेक्ट होने के बाद आगे कैंडल फॉर्म हुई और आगे बेयर्स ने डोमिनेट किया और प्राइस छः दिन तक लगातार नीचे की तरफ आती रही तो ये हो सकता है यहाँ पे वापस बुल्स ने ट्राई किया लेकिन और एक ट्विजर टॉप जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ और प्राइस नीचे की तरफ आने लगते क्रिप्टोकरेंसी में पैटर्नस एग्जैक्टली शेयर मार्केट और फोरक्स मार्केट जैसे फॉर्म नहीं होते लेकिन आपको बस अंदाज़ा लगाना होता है कि अगर रिजेक्शन हो रहा है प्राइस में तो फिर प्राइस नीचे की तरफ या फिर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है राइट तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ट्विजर टॉप जैसे आपको ऊपर की तरफ दिखेगी दो बड़ी विक्स दिखेगी सेम लेवल पे प्राइस क्लोज हुआ उसके बाद नीचे आया बैर्स डोमिनेट करे पहले आप, आप ट्रेंड था उसके बाद डाउन ट्रेंड में आ गया ओके तो आपको बस इतना देखना है कि डोमिनंस किसका है जिसका ज़्यादा डोमिनंस रहेगा बुल्स या बेर्स वो मार्केट उस डेक्शन में लेके जाएगा ठीक है तो अभी हमने जैसे ट्वीजर टॉप पैटर्न देखा उसकी तरह एक ट्विज़र बॉटम्स पैटर्न भी है इसकी कुछ अलग कंडीशंस है ये जो आता है ये बेरिश मार्केट के बाद आता है ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है ओके तो पहले तो मार पहली कंडीशन ये रहेगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहा होगा हो मार्केट उसके बाद दो ट्विज़र्स बॉटम के साइड में फॉर्म होगी और फिर मार्केट रिवर्सल कर सकता है तो जैसे ट्विज़र टॉप्स है वैसे ही ट्विज़र बॉटम्स है बस यहाँ पर बुल्स डोमिनेट करेंगे आगे का सेशन ओके okay? जैसे फर्स्ट केस में मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया था तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पहले के सेशन बेर्स डोमिनेट कर रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या हुआ प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ चली गई यहाँ पर वो रिजेक्ट हो गई यहाँ से वापस बुल्स डोमिनेट करने लग गए ये प्राइस तक उसके बाद आगे की कैंडल फॉर्म हुई आगे के कैंडल फॉर्म होने के बाद बेयर्स ने फिर से ट्राई किया प्राइस को नीचे ले, ले जाने का लेकिन यहाँ पर वापस रिजेक्ट हो गया उसके बाद प्राइस बुल्स ने रिवर्स किया और उसको सीधा ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके क्लोज़ किया तो अगर आप देखोगे तो बुल्स ने यहाँ पे तीन सेशन कंटीन्यूस डोमिनेट किया उसकी वजह से मार्केट रिवर्सल करने लग गया क्योंकि पहले तो बैर्स डोमिनेट कर रहे थे कंटीन्यूस उसके बाद बुल्स ने यहाँ पर एंट्री ली और ये सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ उनका इसलिए ट्विज़र बॉटम पैटर्न बैर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाता है चलिए ये भी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखा देता हूँ तो ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे यहाँ पे ट्विज़र बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है थोड़ा बहुत 100% वैलिड तो नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैटर्न एकदम हंड्रेड फॉर्म नहीं होते बस आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है उसको तो ये कंटिन्यूस मार्केट डाउन ट्रेंड में था उसके बाद यहाँ पर ट्विज़र बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ उसके बाद अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो इस प्रकार से ये ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम्स पैटर्न वर्क करता है अपने क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में ज़्यादा करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ये दो दो पैटर्न्स मैंने ज़्यादा देखे हैं ट्विज़र बॉटम्स पैटर्न और इनगल्फिंग पैटर्न्स। यूजुअली ये वर्क होते हैं अपने मार्केट में तो आप ये पैटर्न अच्छे से याद रखना और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए आपको स्पॉट करते आना चाहिए हर एक पैटर्न देखिए कैंडल में बहुत सारे पैटर्न है फिफ्टी प्लस पैटर्नस है कैंडल स्टिक तो हर एक पैटर्न तो हर एक मार्केट में वर्क होता है ऐसे नहीं है लेकिन ओवरऑल जो सिनारियो है जो कैंडलस्टिक है उसमें हमें बस डोमिनेंस देखना है कि कौन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है बेस डोमिनेट कर रहे हैं या बुल्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है ये समझने के लिए कैंडल हमें हेल्प करती है प्राइस बेसिस पर इसके बाद हम थोड़ा मूविंग एवरेज ट्रेंड सपोर्ट रजिस्टेंस ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करेंगे कैंडल आई थिंक इतना सफिशियंट है आपको समझने के लिए लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेगी हर एक पैटर्न ढूंढने के लिए हर एक कैंडलस्टिक कुछ ना कुछ आपको बताती है तो वो आपको ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी कैंडलस्टिक आ रही है किसके बाद आ रही है ये धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस से पता चलती जाएगी अगर कुछ डाउट है कैंडल के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैंशन कर सकते हो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा आगे भी ये कोर्स फॉलो करते रहिए बहुत सारी चीज़ें हमें सीखना बाकी अभी अभी तो जस्ट एबीसीडी सीख रहे हम आगे जाने के बाद एक्चुअल ट्रेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टे ट्यून सब्सक्राइब कीजिए चैनल सी यू अगेन बाय